दिनांक 8-5-22 को रात्र करीब 8.30 बजे जीतलाल पुत्र स्वर्गीय लाल जी निवासी रामपुर खुर्द मरखापुर थाना मीरगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 28 वर्ष अपने घर से निकले थे जिनका शब आज दिनांक 9-5-22 को प्रातः करीब छः बजे गांव के निकट मरखापुर मार्केट में एक तीन सेट के नीचे रोड के किनारे मिला है जिस पर देखने से शरीर पर कोई जाहरा चोट नहीं है मृतक की मां की तहरीर प्राप्त हुई है जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा सबको पोस्टमार्टम हेतु सदर जोन को रवाना किया गया है शांति अवस्था की कोई समस्या नहीं है